तो क्या हुआ था कि पहले मेरा सिंगिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और छोटे छोटे बच्चों को टीचिंग भी करवाता था उस टाइम मैं गरीब घर में पैदा तो हुआ था बट तो सपना ऐसा देखता था कि लाख रुपया महीना कमाना मुझे लाखों महीना कमाना अब कैसे कमाना है ये नहीं पता था उस अभी मैं इतना कमा रहा हूँ कि मान के चलो मैं मंथली आराम से एक स्विफ्ट तो निकाल ही सकता हूँ तो दे बायोग्राफी इन हिंदी सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर की जिसकी कहानी सुनकर आप जोश से भर जाएंगे। इस यूट्यूबर ने मेहनत और लगन के साथ आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि आज इसके जैसा हर कोई बनना चाहता है और उससे मिलना भी चाहता है और गैस शर्त के मुताबिक मैं इस वीडियो के एंड में अपनी टीम में नाम और उनके काम के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ सोच ली गई आपके साथ इस वीडियो के सफर को लेगा चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर इस यूट्यूबर का नाम मनोज दे है आपको यकीन नहीं होगा कि इस यूट्यूबर ने शुरुआती समय में अपने की सीढ़ियों पर बैठकर वीडियो बनाई थी लेकिन आज मनोज दे का खुद का आलीशान स्टूडियो है जिस पर बैठकर मनोज दे YouTube चैनल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और उनको एडिट भी करते हैं मनोज दे ने अपने नाम आरोप ही यूट्यूब चैनल का नाम मनोज दे रखा है इस यूट्यूब चैनल आरोप मनोज दे यूट्यूब ऐसी जुड़े टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताते हैं अगर हम इनके सब्सक्राइबर्स की बात करें तो अब के समय में इनके 40 लाख से भी ज्यादा के सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। मनोज दे का पूरा नाम मनोज कुमार दे है मनोज दे का जन्म 12 जुलाई उन्नीस को झारखंड के धनबाद जिले में हुआ था मनोज दे की पहली से बारहवीं तक की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में हुई है मनोज दे ने बाद में ग्रेजुएशन और आई का कोर्स भी किया हुआ है मनोज दे एक साधारण गरीब परिवार ऐसी थे मनोज दे के पिताजी साइकिल रिपेयर का, का काम किया करते थे इसी काम मनोज दे के परिवार का गुजारा हुआ करता था गुजारा मतलब घर की जरूरतें पूरी हुआ करती थी अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए मनोज दे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने पिताजी की मदद किया करते थे मनोज दे एक बहुत ही मेहनती लड़के थे साल 2016 में मनोज दे को यूट्यूब के बारे में पता चला एक बार मनोज दे ने अपने दोस्त के मोबाइल में यूट्यूब आरोप एक वीडियो देखा वो वीडियो और किसी का नहीं बल्कि जाने माने यूट्यूबर धर्मेंद्र सर दर्ट यूट्यूब चैनल का एक वीडियो था उस वीडियो को देखने के बाद मनोज दे को लगा कि अगर कोई इंसान इस तरह YouTube पर वीडियो बनाकर नाम और पैसा दोनों एक साथ कमा सकता है तो वो क्यों नहीं फिर मनोज दे YouTube की ओर आकर्षित होते गए और मनोज दे को इन चीजों पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा आखिरकार मनोज दे ने 2 नवंबर दो 2016 को यूट्यूब आरोप अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया और उसका नाम टेक्निकल मनोज रखा आपको यकीन नहीं होगा की शुरुआती समय में मनोज दे के पास कोई भी कैमरा नहीं था और ना ही फोन में रिचार्ज करवाने के लिए पैसे थे मनोज दे अपने दोस्तों से पैसा उधार लिया करते थे और फोन में रिचार्ज चैनल पर वीडियोस अपलोड किया करते थे आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मनोज दे अपनी बैठ कर बनाया करते थे और इन सब में उनके भाई भी उनकी सहायता किया करते थे फिर मनोज दे ने इस चैनल पर लगातार मेहनत करके वीडियो डालना शुरू किया और कुछ समय बाद मनोज दे की मेहनत रंग लाई और उसका चैनल मोनिटाइज हो गया लेकिन कुछ कारणों के चलते कुछ समय बाद उसके चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया आजकल आप नहीं दे पाता हूं। जो है मेरा हो गया। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और चार महीने तक अपने यूट्यूब चैनल आरोप कोई भी काम नहीं किया मानो जैसे चार महीने तक उनका कोई यूट्यूब चैनल था ही नहीं वैस मेरा एक मानना है की कोई भी व्यक्ति एकदम ऐसी सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं पहुँचता हर किसी को शुरुआती समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है चाहे आप हो चाहे वो मैं हूं लेकिन कई लोग इन मुश्किलों से घबराकर पीछे हट जाते हैं और वही जो लोग मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं मुश्किलों का हल ढूंढते हैं वही लोग सफलता का ताज पहनते हैं चार महीने के बाद मनोज दे ने दोबारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और इस बार चैनल का नाम मनोज दे रखा और आज यही चैनल सफलता के शिखर आरोप पहुँचा हुआ है ये सब मनोज दे की लगन और मेहनत के कारण ही हो सका है मनोज दे इस चैनल पर यूट्यूब के टिप्स ट्रिक्स और के वीडियोस अपलोड करते हैं और अब इस चैनल पर 40 लाख से भी ज्यादा के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मनोज दे के अंदर कोई भी गलत आदत नहीं है ना तो वह शराब पीते हैं और ना ही वह स्मोक करते हैं मनोज दे अब एक सफल और प्रसिद्ध इंडियन यूट्यूबरों में से एक है वह यूट्यूब से तो कमाते ही है वही इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग से भी उनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है मैं उनकी मंथली इनकम के बारे में एकदम से तो नहीं बता सकता फिर भी मनोज दे यूट्यूब से लगभग एक महीने में एक से दो लाख तक की कमाई कर लेते हैं so guys, I hope आप इस वीडियो से जरा भी मोटिवेट हुए होंगे और अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करेंगे अब so मैं स्क्रीन पर अपनी टीम मेंबर्स के नाम और उनके काम को मेंशन कर देता मैं वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला जानने को मिला मोटिवेशन मिला तो लाइक कर देना शेयर कर देना है तो भी so guys, आप मैं आप मिलता हूँ अगली वीडियो में